एक बार जरा सोच कर देखिए एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग में हर टाइम 24 घंटे आइडियाज घूमते रहते हैं और वो उनके पीछे पागलों की तरह भागता रहता है और अगर किसी काम को करने की वो ठान ले तो समझो कि ना तो थकना है ना रुकना है और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो झट से उससे बाहर निकलकर फिर से उसी रिदम में अपने काम में खो जाना है और इतना ही नहीं जब इन महाशय को ये पता चला कि कुछ दिन में मतलब दो से तीन दिन के अंदर दिवालिया होने वाला है मतलब इनका सब कुछ खत्म होने वाला है इस सिचुएशन में भी सरेंडर करने की बजाय या शांत रहने की बजाय आइडियाज प्लानिंग स्ट्रेटजीज ये उन सब पर काम कर रहे थे मतलब कौन है ये आदमी और इतना कमाल का जज्बा आया कहा से मतलब कैसे वैसे इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस समरी में मस्क की बायोग्राफी के साथ जिसे लिखा है एशले वेंस ने फर्स्ट चैप्टर जिसमें आप जानेंगे की दुनिया के बारे में तो बात ऐसी है कि साल 2000 में सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को डिप्रेशन के अंदर डूबे हुए थे क्योंकि इंटरनेट का जो नशा था ना वो उतरने लगा था अब जमाना डॉट कॉम का था जिसके चलते वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से कतरा रहे थे इस दौर में सिलिकॉन वैली के पास सिर्फ एक क्लिक एड्स का काम ही बचा था ट्विटर और फेसबुक ने अभी अभी पैर पसारने शुरू किए थे तो कुछ लोगों का तो ये तक मानना था कि टेक्नोलॉजी की जो ये इंडस्ट्री है अब ठंडी बढ़ चुकी है दूसरी तरफ इलान मस्क भी इसी डॉट कॉम मेनिया का एक हिस्सा थे अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने जिप बनाया और बाईस मिलियन डॉलर कमाए Zip2 Google Maps की ही तरह का एक सॉफ्टवेयर था कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 1999 में खरीदा था और मस्क ने इस कमाई को एक और स्टार्टअप X.com खोलने के लिए इन्वेस्ट किया जो बाद में PayPal बना और फिर जब 2002 में eBay ने PayPal खरीदा तो मस्क पहले से ज्यादा अमीर हो गए इलान मस्क सिलिकॉन वैली के बजाय लॉस एंजलिस में रहने चले गए थे जहाँ पर उन्होंने टेस्ला SpaceX और, और सोलर सिटी बनाई उनकी कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स एरो और सोलर इंडस्ट्रीज में लीड करती है रॉकेट इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाकर इलान मस्क ने फ्यूचर को बदल कर रख दिया इलॉन की दुनिया में रियलिटी और साइंस फिक्शन मिलकर के एक हो गए हैं। तो इलॉन मस्क की बाकी की टेक्नोलॉजी मिलेनियर से हटकर है उनका विजन न बहुत बड़ा है मस्क कहते हैं कि अगर हम कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का हल ढूंढ ले और मल्टीप्लेनेटरी स्पीशीज बनने की राह में तरक्की कर ले तो ये वाकई में ना बहुत बढ़िया बात होगी आज मस्क की कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं जिसका नेटवर्थ 10 बिलियन डॉलर और आगे सेकंड चैप्टर में जानेंगे कि इलान का सफर कैसा रहा अफ्रीका में तो बात ऐसी है की मस्क के जो नाना थे जोशुआ हेल्डीमैन वो कनाडा से साउथ अफ्रीका तक खुद का जहाज उड़ाया करते थे वे माइग्रेट होने के बाद अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए प्रिटोरिया में सेटल हो गए थे मगर कभी कभी वे लोग नॉर्वे स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे मे हेल्डीमैन और इरोल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे जब वो बहुत बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही इलान का जन्म हुआ तो इलॉन मस्क 28 जून 1971 यानी कि 1971 में पैदा हुए थे उनके पिता इरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे और वहीं उनकी माँ एक डाइटिशियन थी इलान के अलावा उनके दो बच्चे और थे किम्बल और टोस्का इलान अभी सिर्फ पांच साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखाई देने लगी थी वो घंटों किताबों में डूबे रहते द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी उनकी फेवरेट किताबें थी उनके पास एनसाइक्लोपीडिया के दो बड़े सेट रखे थे, जिने वो तब पढ़ते थे जब पढ़ने इलान आठ साल के हुए तो उनके माँ बाप का तलाक हो गया था वो और उनके भाई किम्बल अपने पिता के साथ रहने लगे उनके पिता खुश मिजाज यानी की है इसीलिए इलॉन को कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा जब 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा और वो इसे देखकर के इतना ज्यादा हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की और जब उनके पिता उनके लिए कंप्यूटर लेकर आए तो पूरे तीन दिनों में इलॉन ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली इलॉन अपने भाई किम्बल और कजन पीटर लंडन और रस रिवे के बहुत करीब थे वो उनके साथ मिलकर के होममेड रॉकेट और एक्सप्लोसिव बनाया करते थे उन सबको एक साथ लंबी ट्रेन ट्रिप्स पर जाना और डंजिनियस और ड्रैगन्स खेलना भी बहुत पसंद था पर जब इलान स्कूल जाने लगे तो वहां पर उनका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट था स्कूल में उन्हें अक्सर बुली किया जाता था एक बार तो उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा सीढियों पर बैठे हुए कुछ खा रहे थे जब एक लड़के ने उन्हें पीछे से सर पर लात मारी और एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से सीढ़ियों से गिर पड़े इसके बाद उस लड़के ने उन पर मुक्को की बरसात शुरू कर दी उन्हें इतनी चोट आई कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा खून से वो लथपथ हो गए और अब उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में पूरा एक हफ्ता लगा और उसके बाद ही वो स्कूल जाने लायक हुए तो पूरे चार सालों तक इलॉन उसी खौफ के साए में जीते रहे स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही इलान को हर वक्त परेशान किया करता था आखिरकार उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा जब इलान सत्रह साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ने का मन बना लिया उन्हें लगता था की अमेरिका में उन्हें अपने लिए बेहतर मौके मिल सकते हैं साथ ही उन्हें सिलिकॉन वैली भी पसंद थी तो जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो इलॉन को निकल भागने का एक मौका मिल गया था तो इसी के साथ थर्ड चैप्टर में हम जानेंगे इलॉन का सफर कनाडा में कैसा रहा कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में इलान मस्क को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो घर से कैनेडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहां पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था उन्होंने वहां पर अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरीके से रहने का बंदोबस्त कर लिया अपना अठारवा जन्मदिन उन्होंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ में मनाया जिन्हें वो ठीक से जानते तक नहीं थे तो इस दौरान मस्क ने कुछ और जॉब्स भी की जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आना और लकड़ियां काटना तो थोड़े टाइम बाद उनके भाई किम्बुल भी उनके पास कैनेडा में आ गए अब साल उन्नीस यानी की नाइनटीन में मस्क ने क्विंस यूनिवर्सिटी ऑन्टारियो में दाखिला लिया जहाँ पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था मगर मस्क भी कम जिदी नहीं थे जस्टिन ने बाद में कहा कि इलान किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। वैसे आगे कॉलेज की पढ़ाई ने मस्क की जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए और वो अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे जिसका उनके क्लासमेट अक्सर मजाक उड़ाया करते थे मस्क उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे अपने खाली टाइम में वो कंप्यूटर ठीक किया करते जिससे कि उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती वो अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट्स भी बेचा करते थे तो इसी तरीके से दो साल बादशिप मिली उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मस्क लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते उन्होंने और उनके खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया इस घर में वे वाइल्ड पार्टी रखते और जो लोग पार्टी में आते उनसे पांच डॉलर पर हेड के हिसाब से पैसा वसूलते सोचा करते उनका ऐसा ही एक आइडिया था द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग सोलर यानी की सोलर पावर की इम्पोर्टेंस उन्होंने दावा किया कि आने वाले टाइम में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो कि पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर लिखा था जिसमें बताया गया कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स है जो बड़ी तादाद में एनर्जी को स्टोर कर सकती है इन्हे रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये सौ गुना ज्यादा पावर दे सकती है मस्क ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स के बारे में भी सोच लिया था उनके प्रोफेसर ने उनके इस लाजवाब एनालिसिस की तारीफ की थी वैसे मस्क हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स का हल ढूंढ लेते थे उन्हें ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दिमाग में पहले वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया मगर मस्क अपने लिए एक ऐसा करियर चाहते थे जिससे वे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके वे अक्सर स्पेस रिन्यूबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा भविष्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में उनको प्रॉफिट दिख रहा था सिलीकन वैली फोटो शेयर करने में बिजी था और इलोन मस्क दुनिया को विनाश से बचाने की तैयारी कर रहे थे तो अब आगे चैप्टर में हम जानेंगे इलोन के पहले स्टार्टअप के बारे में साल 1994 में किम्बल और इलॉन ने कई रोड ट्रिप्स एक साथ की उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था फिर आखिरकार इलान सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर के उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिप्टू येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी हुई है इलान इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का काम करते थे किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे मगर ज्यादातर बिजनेसमैन को पता नहीं था कि ज़िपटू आखिर है क्या उन्हें अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी लेकिन आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में इंटरेस्ट दिखाया और तीन मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और इसके बाद जिप्टू ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड एड्स देने शुरू किए हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी मगर मस्क को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे जिप्टू का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे साल उन्नीस यानी कि नाइनटीन में तीन मिलियन डॉलर की डील के साथ जिप्टू सिटी सर्च के साथ मर्च हो गई जो कि पहली उनकी थी। जब उन्नीस सौ नी का नाइनटीन एक हकीकत में तब बदला जब 1999 यानी 1999 यानी कि में कॉम्पैक्ट ने जिप टू को खरीदा मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था इलान मस्क सीईओ बनना चाहते थे और इसी के साथ फिफ्थ चैप्टर में आप जानेंगे पेपाल माफिया बॉस के बारे में मतलब ये की एक दशक के बाद इोन मस्क कैनेडियन बैक पेकर से एक मल्टी मिलेनियर बन चुके थे और वो भी सिर्फ 27 साल में जो बहुत ही कमाल की बात है तो वो कुल मिलाकर के 22 मिलियन डॉलर के मालिक थे उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट एक प्लेन और एक स्पोर्ट कार थी मस्क अपनी मैकलॉर एफ वन में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते थे वैसे जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया मगर उन्हें ये आइडिया बिल्कुल नहीं जमा ये 1990 का वक्त था लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था इलान मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने बारह मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम एक्स रखा उनके एक को फाउंडर ने कहा यही वो खूबी है जो इलॉन मस्क को बाकियों से अलग करती है वो रिस्क लेकर के अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं और इस तरीके की डील फायदा भी दे सकती है या फिर उन्हें कंगाल भी कर सकती है तो जिप टू एक साफ सुथरा सा प्रैक्टिकल आइडिया था मगर एक्स ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदलकर रख दिया इलान मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे उन्हें लगता था की बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इलॉन मस्क ने जिप्टू को एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए एनकरेज किया तो एक्स अब एक्चुअली में फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गयी इसमें बैंकिंग लाइसेंस म्यूचुअल फंड लाइसेंस और एफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थी नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई मस्क उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे क्योंकि वे चीजों को अपने सामने ही स्मूदली चलते हुए देखना चाहते थे एक्स डॉट कॉम ने क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया जिसे पे नाम दिया गया इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था कुछ महीनों के अंदर ही पे को दो लाख क्लाइंट मिल गए पैसे की लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे मार्च 2000 में एक्स डॉट कॉम अपने कंपटीटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्च हो गई। मस्क के पास अभी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया मगर फिर एक्स डॉट कॉम और कॉन्फिनिटी की अनबन होने लगी जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग तो एम्प्लॉज के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग बना ली मस्क के बदले वे कॉन्फिनिटी के पीटर थीएल को सीईओ बनाना चाहते थे इसी दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे तो उन्हें जब इस बात का पता लगा, तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी उन्हें पता चला की कंपनी अपना फैसला ले चुकी थी मस्क उस कंपनी में अपनी पावर खो बैठे थे जिसे उन्होंने ही शुरू किया था जून 2001 में एक्स डॉट के नाम से रिब्रांड की गई। कंपनी एडवाइजर के तौर पर मस्क की नौकरी सिक्योर थी उन्होंने और पैसे का इन्वेस्टमेंट किया अपना स्टेक बढ़ाकर वे पेपाल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए इस वक्त तक उनका डॉट कॉम का बुखार अब उतरने लगा था बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज बेचने की जल्दी में लगी थी आगे मस्क ने बोर्ड को ऑफर ठुकराने के लिए मना लिया था पेपाल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर के 240 मिलियन डॉलर हो चुका था अभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी जो कि अब पब्लिक हो सकती थी और तभी 2002 में पेपाल को ईबे से डेढ़ बिलियन डॉलर का ऑफर मिला ये बहुत बड़ा और शानदार ऑफर था टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे एक मिलियन डॉलर अपने पास रख सकते थे तो PayPal.com बबल से बच निकला था ये सब मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में उनकी कुशलता का नतीजा था नौ के हमले के बावजूद कंपनी ने एक सक्सेसफुल आई बनाया भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई मगर पेपाल एक विनर बनकर उभरा और इसी के साथ आगे सिक्स चैप्टर में हम जानेंगे की स्पेस में चूहे की क्या कहानी है मतलब ये की जून दो में इला मस्क जब अपने तीसवे साल में थे तो वे और उनकी पत्नी सिलिकॉन वैली को छोड़कर लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गए उनका बनाया पेपाल एक सफल प्रोजेक्ट रहा था तो अब वो अपने लॉस एंजलिस से बढ़कर के कोई और बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वहां का मौसम एरोनोटिक्स के लिहाज से काफी अच्छा था मस्क ने अपने जैसे ही कुछ लोग ढूंढ लिए उन्होंने मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था जो मार्स पर जीवन की संभावना तलाश रहा था ट्रांसलाइफ नाम से इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी था ये एक कैप्सूल के आकार का बनने वाला था जो कि अर्थ के चक्कर लगाए और इसके क्रू मेंबर्स चूहे बनने वाले थे मस्क ने पांच लाख डॉलर मार्स सोसाइटी और इसके प्रोजेक्ट के लिए दिए उन्होंने सुझाव रखा की ट्रांस मिशन को मार्च तक ही एक्सटेंड करना चाहिए एक दिन इलान मस्क नासा की वेबसाइट ब्राउज कर रहे थे तो उन्हें बड़ी गहरी निराशा हुई क्योंकि मार्स एक्सप्लोरेशन का कहीं पर भी कोई भी एग्जेक्ट शेड्यूल या पुख्ता प्लान नहीं दिया गया था तो इलोन ने एरोस्पेस पर कई किताबें पढ़ी। उन्होंने रॉकेट शिप को प्लान करने के लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को अपने साथ काम पर रखा उन्होंने कम बजट वाले रॉकेट्स का परफॉर्मेंस स्टडी किया और उस टाइम के रॉकेट सिर्फ रशियन बनाते थे बॉइंग और लॉक बहुत ज्यादा महंगे थे और बड़े से बड़े सैटेलाइट उठा सकते थे तो मस्क का आइडिया था कि कुछ सस्ते रॉकेट्स बनाए जाए जो कि रिसर्च और कमर्शियल इस्तेमाल के लायक हो तो जब ईबे ने पेपाल खरीदा था तो मस्क ने स्टील से सौ मिलियन डॉलर की कमाई की थी उन्होंने ये सारा पैसा मार्स के लिए रॉकेट शिप बनाने में लगा दिया आगे जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई इसमें इलान के साथ मार्स सोसाइटी के मेंबर और लॉस एंजलिस के वो सारे लोग जुड़े जो की स्पेस एंथुजियाटिक थे स्पेस एक्स को लेकर के बहुत एक्साइटेड थे हालांकि इस दौरान उनके परिवार में एक बहुत ही दुखदी गट को जन्म दिया था एलेक्टर के अंदर ही वो बच्चा चल बसा अब हुआ यूंकि एक रात एलोन और जस्टिन ने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया नेविडा गहरी नींद में पीठ के बल सो गया था जब कुछ देर के बाद उसके पेरेंट्स उसे देखने गए तो उन्होंने पाया कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी डॉक्टर्स इसे सडन इंफेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं तो जब तक पैरामेडिक्स बुलाए गए तब तक दिमागी रूप से बच्चे की मौत हो चुकी थी उसके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी उसे तीन दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रखा गया बच्चा जब मरा तो जस्टिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था वो बुरी तरह से रो रही थी मगर इलोन मस्क ने कहा की वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते है जस्टिन को लगता था कि ये इलॉन मस्क का डिफेंस का तरीका है जिसे उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था जस्टिन ने कहा कि इलान सदमे में नहीं रह सकते उनकी फितरत ही हमेशा आगे बढ़ने की है और मुझे लगता है कि यही उनके सरवाइव करने का तरीका है मस्क ने अपना सारा ध्यान स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च में लगा दिया तो अगले पांच सालों में जस्टिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद ट्रिपलेट्स को भी तो मस्क ने कहा कि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मुझे बहुत ही दुखद घटनाओं के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी तरीके से हमारे फ्यूचर को नहीं सुधारती तो अगर आपके पास बाकी के बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं तो बीती बातों पर दुखी होने से आपका और आपके अपनों का कोई भला नहीं होने वाला है इसी के साथ आगे सेवेंथ चैप्टर में आप जानेंगे की सब कुछ इलेक्ट्रिक कैसे जी हाँ साल दो की बात थी एक टैलेंटेड इंजीनियर जेबी स्ट्राबेल ने पोर्श गाड़ी खरीदी उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया और ये वो समय था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान तक नहीं था उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए महीने पर महीने बीत गए मगर हर बार स्ट्राबेल रिजेक्ट होते रहे आखिर में वे इलोन मस्क से मिले तो इलॉन को इलेक्ट्रिक कार का आइडिया काफी बढ़िया लगा उन्होंने खुद के बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का थॉट रखा वो तुरंत ही स्ट्रैबल को फंड देने के लिए राजी हो गए और उनकी ये पार्टनरशिप सालों साल तक चली और इस दौरान कई और लोग भी थे जो कि बिजनेस पार्टनर थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे थे इनमें से ही दो लोग थे मार्टिन इबर और नॉर्थन कैलिफोर्निया के मार्क टारे तो जुलाई दो में उन्होंने टेस्ला मोटर्स की नींव रखी कंपनी निकोलास टेस्ला के नाम पर रखी गई थी जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के इन्वेंटर थे इबर हार्ट और टारपेनिंग ने अपनी कंपनी लॉस एंजलिस में मस्क को ऑफर की तो वे तीनों ही अमेरिका की तेल की समस्या को खत्म करना चाहते थे और इलोन मस्क तो वैसे भी हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के फेवर में थे तो इस तरीके से टेस्ला शुरू हुई और इलोन मस्क उसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने जल्द ही जेबी स्ट्राबेल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए और इस तरीके से स्टीम को पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनी वाकई में अब कारें नहीं बनाती बीएमडब्ल्यू अपनी कारों के पार्ट्स बाहर बनवाते हैं कंपनी केवल लोकल मार्केटिंग सेल्स और फाइनल असेंबली संभालती है तो वो दिन अब लद चुके थे जब फोर्ड मोटर्स रॉ मटीरियल से कारे बनाया करती थी तो टेस्ला मोटर्स अपने यहाँ पर बनने वाली हर इलेक्ट्रिक कार को ढांचे से लेकर के फाइनल तक खुद ही तैयार करना चाहते थे तो इलॉन मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम ने प्रोटोटाइप के तौर पर रॉटस्टर बनाई हालांकि इस प्रोसेस में टाइम एफर्ट और पैसा बहुत लगता था तो जब टेस्ला ने अपना अगला प्रोडक्ट तैयार किया तो ठीक उसी टाइम इलॉन मस्क दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके थे और इसी के साथ आगे आठवें चैप्टर में आप जानेंगे पेन सफरिंग और सरवाइवल के बारे में तो इलॉन मस्क पेपाल बनाकर पहले ही बहुत मशहूर हो चुके थे प्रेस उनके बारे में छापना पसंद करती थी लोग इस अजीब से नाम वाले मल्टी मिलेनियर के बारे में और जानना चाहते थे सब इस बारे में जानते थे कि मस्क ने इलेक्ट्रिक कार और स्पेस शिप पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है मशहूर सेलिब्रिटीज और अमीर बिजनेसमैन के साथ मस्क का उठना बैठना था तो कुल मिलाकर के वो किसी शो से कम नहीं थे मगर असलियत में वे परेशानी से गुजर रहे थे उनकी परेशानी का सबब थी टेस्ला और स्पेस एक्स की फाइनेंशियल हालत जी हाँ इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप और रॉकेट लॉन्च अटेम्प्ट्स पर उनका बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था और प्रेस भी उनके फेल प्रोडक्ट्स के लिए उनकी जमकर खिंचाई कर रही थी और इस सबसे बढ़कर परेशानी थी उनकी निजी जिंदगी की मुश्किलें उनकी पत्नी जस्टिन के साथ उनका रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर था टेस्ला को अपने प्रोटोटाइप रोटस्टर को रिक्रिएट करने की जरूरत थी स्पेस एक्स भी फॉलकोन वन की लॉन्च की तैयारी में था तो दोनों प्रोजेक्ट्स में मस्क को समय और पैसा दोनों लगाना पड़ रहा था वे ज्यादातर अब अपने काम में ही बिजी रहते थे और हफ्ते के सातों दिन ऑफिस में रहते थे घर से उनका नाता लगभग टूट ही गया था जस्टिन को लगने लगा की वो मस्क की सिर्फ ट्रॉफी वाइफ बनकर रह गई है न की लाइफ पार्टनर तो जून दो में इलॉन मस्क ने जस्टिन से तलाक लेने के लिए केस फाइल कर दिया जस्टिन ने अपना दुख खुले आम ब्लॉग में व्यक्त किया वे अपने ब्लॉग में मस्क और तलाक की प्रोसीडिंग के बारे में अक्सर लिखा करती थी बिल ली जो कि मस्क के दोस्त और एक इन्वेस्टर थे वो इलॉन मस्क की दिमागी हालत को लेकर के बड़े फिक्रमंद थे उन्होंने मस्क को अपने साथ लंदन में छुट्टिया बिताने के लिए इन्वाइट किया लंदन के ट्रिप में मस्क की मुलाकात तालूला रिले से हुई जो कि बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी 22 साल की इंग्लिश एक्ट्रेस से उनकी ये मुलाकात एक सेटअप थी जी हाँ मस्क को डिप्रेशन से बचाने के लिए लंदन की इस पूरी ट्रिप में रिले उनके साथ रही वे खूब बातें करते और डिनर पर साथ जाया करते थे जब इलान लॉस एंजलिस वापस आए तो उसके कुछ ही हफ्तों के बाद रिले भी उनके पास आ गयी मस्क ने रिले को बताया की उनके पहले से ही पांच बच्चे है और अब जल्द ही उनका तलाक भी होने वाला है बावजूद इसके मस्क ने रिले को जब प्रपोज किया तो रिले ने हाँ बोल दिया ये वाकई में एक तूफानी रोमांस जैसा था मस्क को अपनी कंपनीज चलाने में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी रिले उन सब परेशानियों की गवाह थी वो कहती थी इलान के बारे में कि वो खुद किसी मौत की तरह दिखता है मैं यही सोचती हूँ की ये इंसान कहीं किसी दिन हार्ट अटैक से ना मर जाए क्यूकी स्पेस एक्स ने कई नाकामयाब रॉकेट लॉन्च पर अब तक मिलियंस गवाए थे वहीं टेस्ला ने भी प्रोटोटाइप पर बहुत खर्चा किया था दोनों ही कंपनियां कंगाल होने वाली थी मस्क को अपनी कीमती मैक लारेन एफ बेचनी पड़ी जिस पर उन्हें बहुत नाश था साल 2008 के आखिर में उन्होंने अपने इन्वेस्टर दोस्तों से स्पेस एक्स और टेस्ला को फंड करने की गुजारिश की उनकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए पैसे की पेशकश भी की इतना ही नहीं इलान मस्क को हर हफ्ते सैलरी देने के लिए पाई पाई जोड़नी पड़ रही थी तभी इस दौरान नासा कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था जो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रीसप्लाई कर सके मस्क ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया ताकि ये स्पेस एक्स को मिल जाए जहां तक टेस्ला की बात थी उन्होंने और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर से बात की उन्होंने अपना बचा कुचा पैसा भी इसके लिए लगा दिया और तो और सोलर सिटी के अपने कुछ स्टॉक्स भी बेच डाले किस्मत से तेईस दिसंबर 2008 में नासा ने खुलासा किया कि उसने अपने आई प्रोजेक्ट के लिए स्पेस एक्स को चुन लिया है एजेंसी कुल 12 फ्लाइट्स के लिए उन्हें 1.6 बिलियन डॉलर दे रही थी उस वक्त इलोन मस्क के के साथ कोलोराडो में छुट्टियां बिताने गए हुए थे जैसे ही ट्रांजैक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो इलोन खुशी ऐसी रो पड़े इलॉन मस्क खाली हाथ अमेरिका में आए थे उन्होंने अपना एक बच्चा खोया था और उनका तलाक लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बना था वे अपनी सभी कंपनी से हाथ धोने की कगार पर थे और उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत पानी में मिलने जा रही थी लेकिन इलान मस्क बहादुरी के साथ इस दुख भरे दौर से निकलकर बाहर आए जैसा कि उनके एक दोस्त का कहना था की जो उसके साथ दो में हुआ कोई और होता तो शायद झेल नहीं पाता मगर मस्क ने ना सिर्फ इसे सहा बल्कि वे मेहनत करते रहे और अपने इरादों पर डटे रहे और अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर नाइन की तरफ जहां पर अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ झेलने के बाद उनकी मिसाइल जिसका नाम फाल्कन नाइन था स्पेस तक पहुंचने में आखिरकार कामयाब रही ये अलग अलग देशों और कंपनीज के लिए सेटेलाइट लेकर के स्पेस में जाता था ये रॉकेट आई को सप्लाई डिलीवर करता था फालकन वन के बाद से ही मस्क ने परफेक्ट रॉकेट शिप बनाने में काफी पैसे खर्च किए थे सालों तक उनके इंजीनियर्स ने कोशिश की मगर हर बार फेल होते रहे आज स्पेस एक्स महीने में एक रॉकेट लॉन्च करता है अपने लोकल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर कर ये मैदान में डटा हुआ है बाकी कंपनीज बाहर से मंगाई गई सप्लाई पर निर्भर रहती है लेकिन स्पेस एक्स पूरा रॉकेट खुद ही तैयार करता है इसके अलावा एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में उनकी रॉकेट कीमत भी काफी कम है इलान मस्क और उनकी इंजीनियर्स की टीम हमेशा ही स्पेसएक्स को और बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं उनके बनाए रॉकेट री यूजेबल है वे धरती पर लौट सकते हैं इंजीनियर्स ने उन्हें ऐसा बनाया है की वो खुद ब खुद वापस लॉन्च पैड पर लौट आते हैं स्पेस इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्यूँकी मस्क बहुत मेहनत करते हैं और छोटी से छोटी चीज पर भी ना उनका पूरा ध्यान रहता है तो इतना ही नहीं मस्क का सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि वो स्पेस फ्लाइट्स को और भी सस्ता और प्रैक्टिकल बना सके अगर हमारे पास पर्याप्त रॉकेट सप्लाई हो तो शायद फ्यूचर में मार्स पर कॉलोनी बनाई जा सके क्योंकि बाकी की एरोनोटिक्स इंडस्ट्री स्पेस को बोरिंग बनाती है लेकिन स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स और स्पेस को मॉडर्न बनाने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई है इलाम मस्क साइंस फिक्शन को हकीकत में तब्दील करने की नई नई कोशिशों में जुटे हुए हैं। आगे चैप्टर नंबर टेन में आप जानेंगे इलेक्ट्रिक कार का बदला मतलब ये कि टेस्ला मोटर्स ने 2012 से ही एस सीडेंट का मॉडल बाजार में उतार दिया था ये लग्जरी कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और सिंगल बैटरी रिचार्ज आरोप तीन मील की दूरी तय कर सकती है इसकी रफ्तार है फोर प्वाइंट में सिक्सटी माइल्स पर आर इसमें दो ट्रंक हैं, उसकी सीट कैपेसिटी सात लोगों की है और ऑयल कारों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और मशीनरी के बगैर मॉडल एस लगभग बिना किसी शोर के चलती है इसमें सिर्फ एक ही बैटरी पैक है इसके पिछले हिस्से में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है और मॉडल एस बाकी लक्जरी सिडान गाड़ियों से हर मामले में आगे है इस कार के अंदर एक 17 इंच की टच स्क्रीन है जहां से ड्राइवर कार के सभी कंट्रोल्स, जैसे कि स्टीरियो वॉल्यूम एडजस्टिंग या एयर कंडीशन वगैरह कंट्रोल कर सकता है इसमें नेविगेशन और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद है इसीलिए तो मॉडल एस को जगह घेरने वाली भारी भरकम डैशबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती इसे चलाने वाले को किसी भी चाबी या इग्निशियन बटन की जरूरत नहीं है इसमें बैठते ही इसका सेंसर ड्राइवर का वजन डिटेक्ट कर लेता है और कार खुद ही स्टार्ट हो जाती है इसके अलावा मॉडल एस को हाईवे के किनारे बने किसी भी सोलर पावर स्टेशन पर फ्री रिचार्ज किया जा सकता है ड्राइवर सीधा जाकर के मॉडल एस के स्टोर्स में जाकर इसे खरीद सकता है या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिक कार सीधे आपके घर या ऑफिस या जहाँ पर आप चाहे वहाँ डिलीवर कर दी जाएगी क्यूँकी इसे ट्यून अप या ऑयल चेंज की जरूरत नहीं पड़ती और मॉडल एस की मेंटेनेंस भी काफी कम है मगर कभी रिपेयर की जरूरत पड़े तो टेस्ला के इंजीनियर आकर के इसे खुद लेकर जाएंगे टेस्ला ने एक स्मार्टफोन ऐप भी बनाया है जो कि मॉडल एस के साथ मिलता है इससे आप अपनी गाड़ी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके जैसे कि फास्टर रिचार्ज टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को लगभग एक गैजेट ही बना दिया है जैसा कि इसके पहले खरीदारों में से एक का कहना है कि इसने ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरीके से बदल दिया ये पहियो पर रखा एक कंप्यूटर है और इसी के साथ अब चैप्टर नंबर 11, यानी कि आखिरी चैप्टर में आप जानेंगे इलान मस्क की यूनिफाइड थ्योरी के बारे में यानी कि राइव ब्रदर्स अपने कजन इलान मस्क के साथ साउथ अफ्रीका में पले बड़े थे डॉट कॉम बबल के आने से पहले उन्होंने एवर ड्रीम नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी ये भाई अब कोई नया वेंचर ढूंढ रहे थे मस्क ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ करना चाहिए उस टाइम तक सोलर पैनल खरीद कर इंस्टॉल करना ग्राहकों के लिए काफी मुश्किल काम था और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि घर की छतों पर लगे सोलर पैनल को पर्याप्त सूरज की रोशनी मिलेगी तो राइव भाइयों ने दो में सोलर सिटी की शुरुआत की कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे पता चल सकता था की सोलर एनर्जी सोर्स किसी भी जगह के लिए कंपेटेबल है कि नहीं सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर सिटी के पास इम्प्लॉयज की एक टीम भी थी इसके अलावा पैनल्स को मंथली फिक्स रेट के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता था तो मस्क इस सोलर सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे जिनके पास कंपनी का तीस परसेंट हिस्सा था छह साल के बाद सोलर सिटी यूएस की सबसे बड़ी सोलर इंस्टॉलर बन गई घरेलू इंस्टॉलेशन से शुरुआत करके ये अपनी सर्विसेज अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि वॉलमार्ट और इंटेल आदि को देते थे साल 2012 में सोलर सिटी एक पब्लिक कंपनी बन गई और 2014 में इसकी नेटवर्थ सात बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी मस्क ने देखा कि सिर्फ घंटे भर की सोलर एनर्जी से दुनिया की पूरी एनर्जी डिमांड एक साल तक पूरी की जा सकती है इसका तरीका ये था की बैटरी पैक्स को चार्ज रखा जाए जिन्हें रात के समय और बिजली जाने पर इस्तेमाल किया जा सके इसके साथ ही बेहतर क्वालिटी के सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदला जाना चाहिए साल 2014 में उन्होंने ये सब मुमकिन करके दिखाया तीन कंपनी ने अलग अलग फील्ड्स में अपनी शुरुआत बहुत ही मामूली तरीके ऐसी की तब इन्हें कोई भी नहीं जानता था मगर ये मस्क की कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था की ये तीनों ही कंपनियाँ अपने अपने फील्ड में बेहतरीन साबित हुई साल 2025 में टेस्ला की बनाई छह गाड़िया मार्केट में आ जाएगी आने वाले समय में सोलर सिटी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनी बन जाएगी फ्यूचर में स्पेस एक्स वीकली फ्लाइट से हर हफ्ते कार्गो और इंसानों को स्पेस में पे भेज सकते हैं। इसकी री रॉकेट्स मून का चक्कर काट कर धरती पर वापस ठीक उसी लोकेशन आरोप लौटाया करेंगे जहाँ ऐसी लॉन्च हुए थे और मून के बाद स्पेस की अगली मंजिल होगी मार्स जी हाँ इलान मस्क की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ये है कि उनकी सभी कंपनी एक दूसरे से रिलेटेड है उनकी कंपनी सोलर सिटी इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करने के लिए सोलर पैनल प्रोवाइड करती है टेस्ला बैटरी पैक्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें सोलर सिटी बेचती है स्पेस एक्स और टेस्ला अपने प्रोडक्ट के डिजाइन और मैन्यूफेक्चर आरोप नॉलेज शेयर करती है तीनों ही कंपनियाँ मस्क के भविष्य के सपने को रिप्रेजेंट करती है वे इंसानियत के लिए ऐसी एनर्जी चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो सके जिससे कि मानवता का विनाश होने से रोका जा सके इलोन मस्क के जीवन में कई मुश्किल घड़िया आई बचपन में उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया गया उनके पिता के साथ उनका रिश्ता खटास भरा रहा अपने पहले बच्चे की मौत का सदमा उन्हें झेलना पड़ा और उनकी पहली शादी भी टिक नहीं पाई तो इस तरीके ऐसी उन्होंने ज्यादातर खोया ही था उनकी कंपनी बर्बाद होते होते बची थी प्रेस उनकी निजी जिंदगी और नाकामी को लेकर हमेशा उन्हें बदनाम करता रहा लेकिन इन सब के बावजूद इलान मस्क ने हार कभी नहीं मानी वो अपने रास्ते पर चलते रहे और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे रहे इलान मस्क वीकेंड्स पर भी काम करते थे और यही वो अपने एम्प्लॉय से भी चाहते थे एक ऐसा समय भी आया जब वो तलाक के बाद जस्टिन के साथ साउथ अफ्रीका घूमने गए वहाँ उन्हें मलेरिया हो गया और उन्हें दस दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा था इस बारे में मस्क ने कहा कि मैं मरते मरते बचा हूँ छुट्टियों के बारे में मेरा यही विचार है कि छुट्टियाँ जानलेवा हो सकती है तो इसी के साथ दोस्तों इलान मस्क की ये बायोग्राफी यहीं पर समाप्त होती है एंड आई होप की आपको शुरुआत के उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा तो आप भी डिसाइड कर सकते है की अगर इलोन मस्क इतना कुछ सहकर इतना कुछ कर सकते हैं और इवन अभी भी कर रहे हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आई एम श्योर कि जब तक जान है तब तक नहीं रुकेंगे तो हम तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं अब क्या कुछ कर सकते हैं इसकी लिस्ट आप बनाना शुरू कीजिए